छतरपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ थाने में बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है जमीन विवाद को लेकर नाबालिग लड़की शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी परिजनों का आरोप है कि इस दौरान उसके साथ चौकी में मारपीट की गई ये मामला नौगांव थाना के लुगासी चौकी का है जहां पर जमीन विवाद के चलते एक नाबालिग लड़की शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी परिजनों ने आरोप लगाया की उसी दौरान उसके साथ चौकी में मारपीट की गई मारपीट की शिकायत परिजनों ने सीएम हेल्पलाइन में भी की वही पुलिस ने मामले की जाँच की डीएसपी ने बताया कि थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण लेकर फुटेज को चेक किया गया है जिसमें नाबालिग लड़की खुद को मारकर चोट पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है मामला गंभीर होने के कारण चौकी प्रभारी और जनक नंदनी पांडे के विरुद्ध जांच की जा रही है सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वैधानिक कार्यवाही की जाएगी फिलहाल नाबालिग लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उसका इलाज जारी है सुबह तो बच्ची के साथ दरोगा ने बैठा लिया चौकी का मान लो फिर वहाँ से इसको जनकनंदिनी मैडम ने अंदर डबा ले गई तो वहाँ मारपीट की ये जमीन में भी पटका इसको और फिर मेरे को भी मारा मार मेरे हाथ में देखो पूजा हुआ बच्ची के क्या हाल बना बनाया बस यही हुई बात वो बात वो बात जी है जी अपने चाचा लोग गए थे गाँव दादाजी लोग जांगा कोहन वह जहाँ कौन गए थे तो मान लो उन्हें बेबोले जा तुम्हारा तो कुछ नहीं लगता है मान लो जहाँ के लिए मना कर दीजिए सुमान लो रात में झगड़ा हुआ हुआ इनका तो ये आई हमारे पास तो हमने जे बोली चाचा हमें उन मान लो अपने घर रोकवा लो आज तो हम लोग रोकेंगे मान लो सुबह हम लगा के आए सामने कहीं रिपोर्ट हम वहाँ दें तो वहीं हमारे, तो हमारे बापू मान लो सुबह आज रिपोर्ट करने के लिए आज सुबह वहाँ फिर ऐसे ही कैल दी जब लुगासी दवर दवर का तो, तो लुगासी वो और फिर जनक नंदिनी दीदी और मैडम सुन जनक नंदिनी वो जो मैडम ने वाव दलवाने इन लोगों ने की माय भेट की है मेरे की बच्चे 2 साल पहले हम लोग को भगा दिया उन्होंने कह तो रहा था सदा तो मैं मत कोई करत रहे मैं बच्चे वाली के मम्मी जा कहते कि अपनी जमीन ले ले जमीन किनवे जाएगा उनपनन किनने है रिपोर्ट कर रिपोर्ट लगवा रही अपने दादा दादा चाचा आगे आगे में में लुगासी चौकी की बालिका द्वारा अपने जमीन संबंधी मामले पर थाने में रिपोर्ट की गई थी जिसके ऊपर बैधानिक कार्रवाई की गई है जिस पर से इसके अलावा बालिका द्वारा पुलिस पर गंभीर प्रकृति के आरोप लगाए गए थे जिनकी गंभीरता को देखते हुए जाँच की गई थी और थाने की जो सी फुटेज है उनको भी चेक की गई जिसमें बालिका अपने आप को सैन चोट करती हुई दिखाई दे रही है परंतु फिर भी जो दूसरी व्यक्ति तो उनके खिलाफ जांच की जा रही है और सही तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी दे। आप देख रहे हैं दखन न्यूज